to discuss about the uses of water so based on the use sectoral use how the water is used uh, within the various sectors the use of water has been categorized <coughs> generally in a few uh, sectors like agriculture industry and domestic to kyunki jo world mein maximum water jo अवेलेबल होता है दैट इज़ फ्रेश वाटर जो हम फॉर द पर्पज़ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर या हम फॉर एग्रीकल्चर यूज़ करते हैं तो उसमें मैक्सिमम पोर्शन जो वाटर है अगर हम वर्ल्ड का जो है ग्लोबल एवरेज देखें तो सेवेंटी परसेंट ऑफ द फ्रेश वाटर इज यूज इन एग्रीकल्चर इन इरीगेशन तो उसमें बहुत सारी टाइप्स ऑफ इरीगेशन है सरफेस इरीगेशन सब सरफेस इरीगेशन स्प्रिंकलर ड्रिप जो भी है माइक्रो इरिगेशन जितना भी uh, जो है ग्लोबल uh, एवरेज है सेवेंटी परसेंट बट इंडिया में इससे ज्यादा यूज होता है फ्रेश वाटर इन एग्रीकल्चर इंडिया में होता है एट्टी परसेंट ग्लोबली ग्लोबल एवरेज जो है दैट इज सेवेंटी परसेंट एंड इंडियन एवरेज जो है वो है एट्टी परसेंट तो उसके बाद uh, यहाँ पे जितना भी एग्रीकल्चर uh, में यूज़ होता है उसका तकरीबन तकरीबन ऑन एन एवरेज 15 टू 35 परसेंट जो इरिगेशन वो विद्रॉवल्स है वो अनसस्टेनेबल है पहले हमें समझना है कि एग्रीकल्चर वाटर कहाँ से आता है फॉर इरिगेशन इट कम्स फ्रॉम टू सोर्सेज जो हमने इससे पहले जो सोर्सेज ऑफ वाटर पढ़े थे दे आर सरफेस वाटर ग्राउंड वाटर डिसलिनेशन एंड फ्रोजन वाटर तो एग्रीकल्चर में यहाँ पे <coughs> जितना भी इरीगेशन होता है दैट कम्स फ्राम मेनली टू सोर्स दैट इज सरफेस इरीगेशन एंड ग्राउंड वाटर तो मेनली जो है to mainly, jo hai 70% परसेंट ऑफ द इरीगेशन या सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट ऑफ द इरीगेशन इज डन बाई द सरफेस वाटर सरफेस वाटर का मतलब है जो हमारे रिवर्स है मेनली जो रिवर्स है जो कैनाल्स वगैरह बनाते हैं तो मेनली इगेशन जो है सेवेंटी परसेंट फ्राम दो सोर्सेज होते हैं कैनाल्स रिवर्स वगैरह यूज होता है वो द रेस्ट ऑफ द थर्टी टू फोर्टी परसेंट जो है इरीगे दैट कम्स फ्राम द ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर में जैसे हैंड पम्प्स लगाते हैं बोरवेल्स लगाते हैं या ओपन वेल्स जो यूज करते हैं हम डग आउट करते हैं वहाँ से पानी आता है <coughs> तो वहाँ से जो है इरीगेशन वाटर मेनली हम यूज़ करते हैं तो बेसिकली ऑन एन एवरेज 20,000 2,000 थाउजेंड टू थ्री लीटर्स चाहिए एक पर्सन की जो है डेली नीड्स जो हम सुबह से शाम तक खाते हैं डायट्री नीड्स सुबह चाय पीते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं दिन में लंच फिर स्नैक्स uh, वगैरह फिर ब्रेकफास्ट एंड डिनर उसमें तकरीबन तकरीबन जो भी हम चीज़ें खाते हैं उसमें तकरीबन तकरीबन 2,000 से 3,000 हजार लीटर्स जो है पानी इस्तेमाल होता है तो उसमें जैसे राइस है ए के राइस जो है उसको प्रोड्यूस करने में तकरीबन ऑन एन एवरेज फिफ्टीन हंड्रीटर्स जो है पानी यूज़ होता है फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द सोइंग दानि ब्यूल ववान चो ये होता है लोनान पु इस, पाँच था, इस पॉलिशिंग वगैरह जो करते हैं तब तक उसमें ए के राइस में जो हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट आता है उसमें पंद्रह सौ पानी एम्बेड होता है उसमें यूज़ होता है उसके अलावा जो है शुगर केन उसमें भी बहुत सारा जो है वाटर जो हम शुगर खाते हैं घर में उसमें भी बहुत सारा वाटर होता है उसको एज ए हिजन वाटर कहते हैं या वर्चुअल वाटर कहते हैं तो उसके अलावा जो भी हमारी डायट्री नीड्स है फूड हम जब खाते हैं तो पर डे एक अपने डाइट के हिसाब से दो से तीन हज़ार एक बंदे को चाहिए दिन में तो अब इसमें उसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर के लिए दो पाँच लीटर जो है पानी चाहिए तो इस हिसाब से अगर हमें फूड प्रोड्यूस करना है ऑन जो हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है मोर देन सेवन बिलियन पीपल्स मोर देन सेवन बिलियन लोग रहते हैं इस पे अर्थ पे तो उनके लिए जो फ़ूड प्रोड्यूस करना है उसके लिए कितना पानी चाहिए तो आप अंदाज़ा लगा सकते एक एस्टिमेट लिया गया एक कैनाल होगी जो इक्कीस किलोमीटर बड़ी होगी और वो जो है दस मीटर जो है गहरी होगी और जो चौड़ी होगी सौ मीटर तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं उतना पानी जो उसमें स्टोर हुआ तो वो पानी यूज होता है फॉर द प्रोड्यूसिंग द फूड फॉर सेवन बिलियन पीपल्स तो मैक्सिमम पोर्शन जो है दैट इज़ फ्रेश वाटर दैट इज यूज इन एग्रीकल्चर और इसी सेक्टर में हमें ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन एंड टेक्नोलॉजी जो इनोवेशन की ज़रूरत है ताकि जो है वाटर कंजर्व हो जाए वाटर uh, जो है उसका uh, गलत यूज ना हो अनसस्टेनेबल यूज ना हो नेक्स्ट सेक्टर जो मेजर वाटर गैजलिंग एंड वाटर कंज्यूमिंग सेक्टर है दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर तो वर्ल्ड वाइड जो एवरेज है एंड इंडियन एवरेज भी है तकरीबन 22% ऑफ द फ्रेश वाटर इज यूज इन द इंडस्ट्रीज तो इंडस्ट्री में क्या क्या आता है मेनली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स होते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लाट्स होते हैं एन टी पी सी जिनको बोलते हैं जो बेसिकली वाटर से बॉयल करते हैं वाटर को दैन दे प्रोड्यूस स्टीम तो उसमें डिफरेंट काइंडर्जी यूज होती है कोल गैस नैचुर गैस और दे यूज दिस अदर काइंड फ्यूअल्स न्यूक्र फ्यूल वगैरह तो उसमें भी वाटर यूज़ होता है उसके अलावा डिफरेंट एफ एम सी जीज होते हैं मीनस फूड मैनुफेक्चरिंग कंपनीज जो तो वो भी यूज़ करते हैं पानी जैसे कोल्ड ड्रिंक कंपनीज़ है उसमें पानी चाहिए एंड ऑयल रिफाइनरीज कोलिंग जो भी है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट तरीक़ों से पानी यूज़ होता है तो ग्लोबली एवरेज ट्वेंटी परसेंट जो है फ्रेश वाटर यूज़ होता है एग्रीकल्चर तो uh, इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडस्ट्री हम एक रेजिडेंशल सेक्टर में नहीं बना सकते बिकॉज एक इंडस्ट्री को पानी चाहिए वो तो वो तो या तो ग्राउंड वाटर से लेगा या किसी कैनाल से लेगा तो वहाँ पे जो भी uh, जो है सिविलियंस रहते हैं रेजिडेंट्स रहते हैं दे मे फेस द वाटर स्कैरिसी इन पीक सीजन जो पीक सीजन समर सीज़न होता है जहाँ पे जब वाटर की जो है अवेलेबिलिटी कम होती ज़्यादा होती ज़्यादा होती ऑन एन एवरेज डिपेंड करता है कहाँ से अगर हिमालयन ग्लेशियर से पानी आता है देन वाटर अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ इन समर्स बिकॉज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स बट कुछ रिवर्स होते हैं ये जो है ऑरिजिनेट फ्राम द ग्राउंड वाटर स्प्रिंग्स से फर्स आते हैं तो उनकी जो है uh, जो वाटर लेवल डिक्रीज़ हो सकती है एंड वाटर कन्जम्पन इनक्रीज़ होती है तो मेजर uh, जो है इंडस्ट्रीज यही होती है थर्मो इलेक्ट्रिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक कूलिंग और रिफाइनरीज जैसे आप गोल्ड वगैरह जो निकालते हैं ज़मीन से और निकालते हैं आप प्रेशियस मेटल्स निकालते हैं तो उनको जो है डिफरेंट वॉशरीज होती है जहाँ पे वो वॉश करते हैं जो डर्ट वगैरह तो वहाँ से गोल्ड निकालते हैं दैन अदर जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर भी यूज़ होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर uh, में वाटर दैन डोमेस्टिक Domestic means एक हमारे जो domestic needs होती है डोमेस्टिक मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल दॉटर विच वी नीड फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज़ फॉर कुकिंग फॉर वॉशिंग फॉर बेथिंग तो इसमें वर्ल्ड एवरेज वर्ल्ड जो का, world का जो या इंडिया का जो एवरेज एस्टिमेट है आठ परसेंट जो यूज़ होता है फ्रेश वाटर दैट इज़ यूज इन द डोमेस्टिक सेक्टर तो यहाँ पर बहुत ही कम यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री बहुत कम use होता है फ्रेश वाटर फॉर द डोमेस्टिक पर्पज़ तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए ब्रीथिंग के लिए कुकिंग के लिए एंड देन ऑल अदर बेसिक नीड्स जो होते हैं एस्टिमेट किया गया है कि एक बंदे को ये जो डोमेस्टिक नीड्स के लिए 50 लीटर पानी चाहिए एक दिन में और ये भी डिफरेंट लोकेशनस के हिसाब से लाइफ स्टाइल्स के हिसाब से भी uh, जो है कैटेगराइज किया गया है जैसे अगर आप अर्बन सेक्टर में रहते हैं अर्बन एरियाज़ में रहते हैं दैन यू नीड अराउंडी फोटी फाइव टू फिफ्टी लीटर्स पर डे फॉर uh domestic needs then if you are living in the rural areas then you need only 35 liters for your uh, this uh, domestic needs to so, ab jo ye water hai iski jo quality hai ab hum koi bhi water nahi pi sakte for example agriculture mein hum darya ka pani use kar sakte hai उसमें क्या कंसनट्रेशन है पोल्यूटेंट्स के वी कैन यूज़ दैट इंडस्ट्रीज में भी यह फ़िल्टर्स वगैरह लगा उनका जो है उतना रिक्वायरमेंट नहीं रहता है uh, जैसे ओर वगैरह इंडस्ट्री में तो उसमें एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड हमें फॉलो नहीं करने पड़ते हैं बट फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज़ वी नीड टू फॉलो पर्टिकुलर स्टैंडार्ड स्टैंडार्ड मीनस कि किस स्टैंडार्ड uh, का पानी उसमें जो पैरामीटर्स है Uh, जो uh, जैसे उसमें डिज़ोल्ड ऑक्सीजन कितना है दैन हाउ मच इज़ द आयरन कैल्शियम मैगनीशियम उसमें हार्डनेस कितनी है uh, उसमें uh, जो है टोटल डिज़ोल्व साल्ट कितने हैं तो उसमें फीकल कोलिफॉर्म्स कितने हैं तो ये सब जो एक कैटेगरी uh, ये स्टैंडार्ड्स होते हैं ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडार्ड्स होते हैं जैसे हमारे पास टोटल डिजोल्व साल्टो ड्रिंकिंग वाटर में दिस शुड नाट बी मोर दैन फाइव पार्ट्स पर मिलियन जैसे इससे पहले भी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पढ़ी थी इस क्लासिफिकेशन uh, uh, नहीं इकोसिस्टम जो हमने पढ़ा था एक्वेटिको इकोसिस्टम उसमें हमने तीन टाइप्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम पढ़े थे फर्स्ट इज ओशन जिसमें मोर देन फाइव थर्टी फाइव थाउजेंड पार्ट्स पर मिलियन जो होता है साल कंसनट्रेशन देन ब्रेकिश वाटर जिसमें श्रेन आती हैं then uh, that salt concentration is from 500 to 35000 parts per million but to fresh water hota hai usme salt concentration is always should be less than 500 parts per million agar hum jo irrigation water use karte hain then permissible limit is up to 2100 parts per million salt concentration ki baat karte hain to waise hi dissolved oxygen hona chahiye more than 6 parts per million तो ये आ, जो है ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स है अगर इसमें डिफरेंट गाइडलाइंस है जैसे इंडियन स्टैंडर्ड्स है डब्ल्यू के स्टैंडर्ड्स है अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन के स्टैंडर्ड्स है अलग अलग स्टैंडर्ड्स है तो इंडिया में जो इंडियन स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं देट आर लिटिल डिफरेंट फ्राम द डबल्यू थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है बट मोर लेस जो आ, बड़े बड़े जो, जो पैरामीटर्स है दे आर सेम दैन अनदर यूज ऑफ यूज़ ऑफ वाटर इज़ रेक्रिएशनल पर्पज़ रेक्रिएशनल पर्पज़ मीनस फॉर जो हम बाहर रेक्रिएशन कर जैसे रिवर राफ्टिंग करते हैं हम जैसे घूमने uh, जाते हैं कहीं पर समर पार्कस वग़ैरह में या किसी हिली एरियाज़ में जहाँ पे, जहां पे वाटर अवेलेबलिटी बेसिकली जहाँ पे अगर वाटर रिजर्वा हो क्योंकि एक वाटर जहाँ पे भी ठहरता है रिजर्व हो किसी भी डैम में वाटर रिजर्व करते हैं तो वो एक लोकल एटमॉस्फेयर को मॉडलेट करता है उसको मॉडिफाई करता है कूल करता है तो उसमें एक जो है रिक्रिएशनल पर्पस भी के लिए भी यूज़ करते हैं जैसे बड़े बड़े डैम्स होते हैं उसमें वाटर स्टोर होता है दैन कैन गो फॉर द एक्सकरशन राफ्टिंग वगैरह करने जाते हैं तो लास्ट वन इज़ द यूज़ ऑफ वाटर दैट इज़ एन्वायरमेंटल वाटर अब ये जितने भी हमने जो यूज़ बढ़ा बताए जैसे एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्रियल हो या रिक्रेसल परपज हो दे आर ऑल मैन मेड जो है उसके यूज है बट एज एन एको सिस्टम को भी जो है उसका यूज़ होता है वाटर का अपने इको को मतलब सस्टेन करने के लिए एक टर्म है इनवायरमेंटल फ़्लो एनवायरमेंटल फ़्लो मीनस कि एक आ, इको को कितना पानी चाहिए अपने सिस्टम को सस्टेन करने के लिए जैसे अगर रिवर में एक रिवर इको है फॉर एग्जांपल उसमें फिशज़ रहते हैं उसमें प्लांट्स रहते हैं तो एक रिवर में कितना पानी होना चाहिए एट मिनिमम कि ताकि वो अपना जो इको एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करते हैं कर सके है, तो उसको उसको एन्वायरमेंटल फ़्लो बोलते हैं तो डिफरेंट एनवायरमेंटल फ़्लो में डिफरेंट जैसे आर्टिफिशल वेट होते हैं वेट बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं जैसे कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे हम पानी को ठहराते हैं एंड उसको डिफ, उससे डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे फिशिंग वगैरह कर सकते हैं या और भी डिफरेंट जो है वेजिटेबल वगैरह प्रोडक्शन कर सकते हैं वेटलैंड के बहुत सारे जो है यूज होते हैं द आर्टिफिशियल फिशर लीक्स वाइल्ड लाइफ हैबिटेट वगैरह को क्रिएट करने के लिए फ़िश लीडर्स फ़िश लीडर होता है कि जब आप डैम बनाते हैं तो कुछ फिशज़ जो होती है वो दरिया के जो फ्लो होता है उसके अगेंस्ट जाती है फॉर स्पानिंग अंडे देने के लिए ताकि जो बच्चे निकलेंगे वो फिर से नीचे आ जाएंगे एक पूरा जो उनका जो होता है लाइफ साइकिल होता है फिश लेटर होता है जब आप डैम बनाओगे तो मछलियाँ नीचे से ऊपर नहीं आ सकते बिकॉज जो वाटर की लेवल होती है बहुत ऊपर होती है तो उसमें एक पाथ होता है साइड में जहाँ से मछलियाँ जाती है फिर वो ऊपर अपर अप, अपर में अपने जो वाग, है स्पानिंग अंडे वगैरह देती हैं, दैन उनका जो है पूरा जो लाइफ साइकिल डिस्टर्ब नहीं होता है फट द डैम तो ये एक एन्वामेंटल फ्लो को मेंटेन करने के लिए फिश लीडर्स वगैरह बनाते हैं बिकॉज जो एक फ़िश का अपना जो है रोल होता है एक एक एकोसस्टम में एक्वेटिको एक एक में तो यही है वाटर रिलीजड फॉर द रिज़र्वायर्स टाइम टू हेल्प द स्पानिंग रेस्टोर द नेचुरल फ्लो जो नेचुरल रिजीम होती है रिवर्स की वो जैसे कहीं पे भी डैम बनाओगे तो पानी को रिजर्व करते हैं तो नीचे वाला जो पोर्शन होता है पूरा ड्राई आउट हो जाता है तो जितनी भी चीज़ें उस पानी पे मतलब निर्भर थी उस पर डिपेंडेंट थी वो सब खत्म हो जाएगी चाहे वो फिशेस हो चाहे वो एडजस्टन प्लांट्स हो चाहे वो एडजस्टन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो या फॉरेस्ट वहाँ पे हो तो वो सब ख़त्म हो जाता है बट ऐसा नहीं है कि हमें इन्वामेंटल फ्लो को मेनटेन करना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए एक डिफिनिट क्वान्टिटी ऑफ वाटर वी मस्ट शुड वी मस्ट रिलीज़ फ्राम द डैम्स ताकि जो है वहाँ पे नेचुरल जो है इकोसिस्टम डिस्टर्ब ना हो जाए बट जनरली ये नहीं होता है एनवामेंटल फ्लो को मेंटेन नहीं किया जाता है बिकॉज फॉर जनरेशन ऑफ मोर इलेक्ट्रिसिटी फॉर सप्लाइंग मोर वाटर इरिगेशन कैनाल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो ये डैम होता है उसमें एक मल्टीपरप उसका एक पर ये होता है एक्टिविटीज़ होती है इट इज़ नॉट मेट ओनली फॉर द Production of uh, electricity, but it's also meant for the uh, navigation. It's meant uh, also meant for the navigation. के बाद fishing के लिए use होता है, irrigation के लिए use होता है. तो वो सब चीजें जो maintain करने के लिए environmental flow को compromise करते हैं. Then ये uh, हुआ. What are the sources and what are the uses of water? Now, what percentage of water is available in what form on the earth? तो इसको हम water budget कहते हैं. चूँकि हमने पहले ही आपको बताया कि नाइन्टी सेवन परसेंट ऑफ वाटर या नाइन्टी सेवन परसेंट ऑफ वाटर जो है वो दैट इज अवेलेबल इन द ओशंस दैट इज़ सलाइन वाटर वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं उसमें खाली एक डिसलिनेशन प्रोसेस है जो हम यूज़ करते बट दैट इज़ टू माइन्यूट वो हर किसी जगह यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज दैट इज़ वेरी एनर्जी इंटेंसिव तो सस्टेनेबल <clears throat> नहीं है वो बट इन एमरजेंसीचन्स इट कैन बी यूज तो मोस्ट ऑफ द वाटर जो है ये जो हमने कहा 96 टू 97 परसेंट जो है ओशंस में होता है देन अदर सलाइन वाटर अदर सलाइन वाटर क्या होता है जैसे एस्ट्रीम्स की बात करते हैं जिसको ब्रिकिश वाटर कहते हैं या जो इनलैंड कुछ सलाइन वाटर बॉडीज़ होती है जैसे पेंगोंग लेक है लद्दाख में चिल्का लेक है सांबर लेक है इसमें साल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है दे इट कैनॉट बी यूज फॉर द और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और डोमेस्टिक डोमेस्टिकपज जो भी हमारी जो नीड्स है वाटर वो हम यहाँ से फुलफिल नहीं कर सकते तो ये जो पूरा ही ग्रीन वाला पोर्शन है दिस <coughs> वाटर था, था uh, जो है मोस्ट ऑफ द वाटर इज सेन जो हम यूज ही करते हैं बट ओनली दिस वन पोर्शन टू ऑफ द टोटल वाटर दैट इज फ्रेश वाटर जो uh, <coughs> हम यूज कर कर सकता है फॉर आवर नीड्स जो हमने अभी यूज ऑफ वाटर बताए उसमें यूज़ कर सकते हैं तो उसमें बी uh, जो है अबाउट इस 2.5 परसेंट का 68.7 परसेंट जो है लॉक है इन ग्लेशियर एंड आइस कैप्स जो हिमालयन ग्लेशियर्स है आर्कटिक सर्कल में है ग्लेशियर्स है या अंटार्टिकमा ग्लेशियर्स है उसमें टोटल जो है फ्रेश वाटर का सिक्सटी लॉक है इस 2.5 परसेंट का जो एक फ्रेश वाटर है तो इसके अलावा इस 2.5 परसेंट का 30.1 परसेंट मानो 30 परसेंट ऑफ जो है फ्रेश वाटर इज इन ग्राउंड वाटर तो ये वाटर जो है हम यूज कर सकते हैं फॉर एग्रीकल्चर फॉर इंडस्ट्री इवन डेट कैन भी डोमेस्टिकपज़ जो हम घर में बोरवेल वगैरह बनाते और जो खाली uh, 2.5% का 1.2% जो होता है सरफेस फ्रेश वाटर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लेक्स रिवर स्वैंप्स मार्शे सॉइल मॉइस्चर एटमोसफियर तो ये आता है सरफेस वाटर में अब ये दो तो हमने जो है देखे हैं ये दो ग्राउंड वाटर में अब जो है हम निकालते हैं ये तो एक ही फॉर्म अवेलेबल होगा ग्राउंड वाटर में बट जो ये सरफेस वाटर है ये भी अवेलेबल होता है इन डिफरेंट फॉर्म्स जैसे ग्राउंड आइस एंड परमाफ्रॉस्ट ग्राउंड आइस होता है जहाँ पे भी जो है सॉइल में जो वाटर होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो Because of the lower temperature, जैसे जो यहाँ पे रशिया में है वहाँ पे सॉयल में ही जो है आइस जम जाती है तो most of the water जो है सरफेस वाटर वहाँ पर लॉक है तो इस 1.2 पॉइंट टू परसेंट का तकरीबा सिक्सटी नाइन परसेंट ऑफ वाटर इज लॉकड इन ग्राउंड आइस एंड परमाफ्रॉस्ट अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो ये रिलीज हो जाएगा दैन इट कैन रिचार्ज द ग्राउंड वाटर और इट कैन फ्लो टू द रिवर्स और तो अब इस सरफेस वाटर का जो 21% है दैट इज़ अवेलेबल इन द लेक्स अगर हम कश्मीर की बात करें हमारे पास दो बड़े लेक्स है दैट इज़ फ्रेश वाटर लेक्स दैट इज डल लेक एंड वुलर लेक तो uh, उसके बाद आते हैं uh, ये सॉइल मॉइस्चर सॉइल मॉइस्चर होता है जो हमारे पास मिट्टी में मॉइस्चर अवेलेबल होता है उसमें भी कुछ uh, जो है वाटर लॉक होता है जो भी हम प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं तो वो पे एक तो में होता है और उसके बाद ग्राउंड ग्राउंड ग्राउंड वाटर वाटर वाटर डिफरेंट डिफरेंट पूरा नीचे होता है अब लेवल क्या होगी डिफरेंट लोकेशंस पे आ, हमारे यहाँ तो है दो फीट पे ही तीन फीट पे ही वाटर नीचे नीचे से आ जाता है तो एक वाटर टेबल है उसका तो दूसरा होता है अपर सॉइल में जो है उसमें भी लॉक होता है अब ऑन एवरेज जितना भी वर्ल्ड में सॉयल है उसमें 3.8 परसेंट जो है ये बताया गया है एस्टिमेट किया गया है कि फ्रेश वाटर जो है सरफेस फ्रेश वाटर अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ सॉइल मॉइस्चर उसके बाद स्वैम्प्स एंड मार्शेस जो दलदल है उसमें भी टू परसेंट है अब रिवर्स में यहाँ पे जो है खाली पॉइंट या पॉइंट फोर नाइन बताया गया है जो भी सरफेस वाटर है उसका खाली 0.5% अवेलेबल है इन रिवर्स अब कितने रिवर्स है आपके सामने uh, तो कितना पानी है रिवर्स में वो खाली एक छोटी सी क्वांटिटी है फ्रेश वाटर की उसके अलावा जो है लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेम है उसमें 0.26% टू ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल है एंड दैन एटमोसफेयर में एटमोसफेयर में होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स और कंडेंस फॉर्म में होता है इन क्लाउड्स तो ये है आपका वाटर बजट इसमें कहाँ का अब यूज कर सकते हैं वाटर को जैसे ग्राउंड वाटर को यूज कर सकते हैं फ्रेश वाटर को यूज कर सकते हैं फॉर ओवर जो हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक नीड्स है देन उसके बाद हमारा जो सेक्टरल डिमांड है जो हमने डिफरेंट सेक्टर्स अभी पढ़े जैसे इंडस्ट्री है डोमेस्टिक है इरिगेशन है या एनर्जी भी इंडस्ट्री में ही आता है तो हमारी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ही जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे 2010 से 2050 में ये तो अभी टू थाउजेंड किया गया है ये एक्स्ट्रा किया गया है बेस्ड ऑन डिफरेंट मॉडल्स कि आगे जाने वाले जो हमारे जो है इकनॉमिकल ंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एनर्जी नीड्स फूड नीड्स किस तरीके से बढ़ेंगी तो उसी हिसाब से उसको एक्स्ट्रा पोलेट एस्टिमेट किया गया तो यहाँ देख सकते हैं आप कि हमारी जो एग्रीकल्चर नीड्स है ड्रेस्टिक इंक्रीज हो रहा है इसमें दे आर ड्रेस्टिकली इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर नीड्स फ्राम टू थाउजेंड टेन से हमने यहाँ पे बेस ईयर लिया है तो uh, <coughs> डिक्रीज हो रहा है जो हमारा इंडस्ट्रियल है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है बट एनर्जी नीड्स दे आर आल्सो डेस्ट्रिकली इंक्रीज बिकॉज और जो लाइफस्टाइल है वी नीड मोर एनर्जी लाइफ जो हमारी गैजेट्स वगैरह यूज़ होते हैं किचन्स वगैरह में या उसको एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करने के लिए 24 घंटे डिफरेंट जो एरियाज़ है उसमें एनर्जी जब अभी भी अवेलेबल नहीं है तो एरियाज़ में जब अवेलेबल एनर्जी होगी तो उसमें भी वाटर जो है कंज्यूम हो जाएगा फॉर क्रिएशन ऑफ द एनर्जी तो ड्रेस्टिकली मोरलेस uh, हर किसी सेक्टर में जो वाटर डिमांड है इनक्रीज़ हो रही है तो मोर पर्टिकुलरली इन दैक्टर ऑफ इरीगे इरीगेशन इंड वाटर ड्रिंकिंग वाटर भी उतना इंक्रीज uh, नहीं हो रहा है बट एनर्जी एंड द एग्रीकल्चर मोस्टली एग्रीकल्चर जो है इसमें ड्रेस्टिक जो है डिमांड इंक्रीज होगी इन फ्यूचर अगर हम uh, इंडिया की बात करते हैं तो हमारे पास अवेलेबलिटी ये तो डिमांड थी अब अवेलेबलिटी कितनी है तो यहाँ पे uh, 1951 में जो अवेलेबिलिटी थी तकरीबन 51177 वन हंड्रेड एंड सेवनटी सेवन क्यूबिक मीटर्स पर कैप्टा पर एन एम यहाँ पे एक क्यूबिक मीटर होता है एक क्यूब जिसका जो है तीनों साइड जो है वन वन मीटर के होते हैं तो पाँच हजार एक सौ सस् सेवनटी सेवन जो है क्यूबिक मीटर्स एक बंदे के लिए एक साल में अवेलेबल थे पानी इन 1951 ओवर दीरियड ऑफ टाइम ये डेस्टली डिक्रीज हो रहा है तो uh, 2000, uh, 2001 हज़ार में ये uh, 1869 हंड्रेडी नाइन क्यूबिक हुआ था कितना ड्रेस्ट हुआ चेंज हुआ यहाँ पे तो उसके बाद जो है थोड़ा सा uh, उतना डिक्रीज uh, नहीं हुआ अवेलेबलिटी बट बिकॉज ऑफ जो पॉपुलेशन इंक्रीज थोड़ा सा जो है डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से थोड़ा सा यो जो है डिक्रीज हो सकता है और तो यहाँ पे एक वाटर स्ट्रेस कंडीशन है तो अगर uh, 1100 या 1000 क्यूबिक मीटर से पानी कम अवेलेबल रहेगा दैट विल बी द वाटर स्ट्रेस कंडीशन और दूसरा होता है वाटर स्केरिस वाटर स्केरसिटी होता है बेसिकली अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वाटर तो अवेलेबल है बट uh, हमारे पास वो सप्लाई चेन नेटवर्क नहीं है हमारे पास वाटर पाइपलाइंस नहीं है हमारे पास जो टैंकर्स वगैरह नहीं आते तो दैट क्रिएट्स अ सिक्योरिस ऑफ वाटर दूसरा होता है स्ट्रेस स्ट्रेस होता है पॉपुलेशन जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी जो हमारे एग्जिटिंग वाटर रिसोर्स है तो वो तो जितने हैं उतने ही रहेंगे बट हमारी पॉपुलेशन हमारी नीड्स इंक्रीज हो रही है तो जिसकी वजह से जो है उस पर स्ट्रेस पड़ता है हमारे वाटर रिसोर्स पर तो बट वाटर सिक्योरिस इज बेसिकली द Uh, जो हमारी सप्लाई प्रॉब्लम है जो हमारे पास uh, जो अवेलेबिलिटी, uh, जैसे uh, एक साइंटिस्ट ने कहा था यहाँ कश्मीर का ही है उसने कहा कि फॉर uh, नेक्स्ट 200 हंड्रेड ईयर्स जो है कश्मीर में वाटर स्केरसटी या वाटर स्ट्रेस की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी इवन देयर इज़ ए क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम है या ग्लेशियर भी मेल्टे होते हैं बिकॉज यहाँ पे वाटर अवेलेबलिटी बहुत ज़्यादा है बट मेन प्रॉब्लम है कि वाटर सप्लाई नहीं हो रहा है आपके पास रिजर्वायर्स नहीं है जहाँ पे वाटर स्टोर हो सकता है फिर उनको सप्लाई करना है फॉर डिफरेंट एरियाज शहरों में या गाँव में वाटर सप्लाई नेटवर्क्स जो बिछाना है वो नहीं है वो इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी नहीं है तो जिसकी वजह से वॉटर सिक्योरिसटी प्रॉब्लम होती है बट वाटर स्ट्रेस कंडीशन नहीं है एज पर साइंटिस्ट दैन जैसे अभी मैंने कहा वाटर स्ट्रेस है इट इट कैन बी बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड बिकॉज ऑफ़ द एन्वायरमेंटल फ़्लोज एनवायरमेंटल फ़्लो मैंने ये कहा कि uh, हमारे पास जो एन्वायरमेंटल फ़्लो है एक पर्टिकुलर एकोसस्टम को सस्टेन करने के लिए क्या क्वान्टिट्टी ऑफ वाटर चाहिए अगर वो क्वान्टिटी नहीं मिलती है दैन इट कैन क्रिएट वाटर स्ट्रेस कंडीशन क्योंकि हमारा जो है रिसोर्स जो हम डिक्रीज़ कर रहे हैं दैन वाटर क्वालिटी अगर उसमें पोलूटेंट ज्यादा रहेंगे दैन ऑल्सो इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फिर वॉलोमेट्रिक अवेलेबिलिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सिक्योरसिटी जो होती है इट इज़ वॉलोमेट्रिक अवेलेबिलिटी। जितना आपका डिमांड है आप उतना मीट नहीं कर पाते बट इवन यू हैव द इन स्टॉक बट आपके पास वो नेटवर्क नहीं है दैन इट क्रिएट्स वाटर सिक्योरिस तो उसकी वजह से डिफरेंट जो है रिस्क हो जाती है इन डिफरेंट सेक्टर्स जैसे बिजनेस में या डोमेस्टिक में एग्रीकल्चर में तो किसी भी साल जब जो है हमारे पास वाटर रिजर्वायर्स में पानी कम होता है दैन द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्रिएट्स एन एडवाइजरी इशूज़ एन एडवाइजरी कि आप पैडी कल्टीवेशन नहीं करेंगे यू शुड गो फॉर द लेस जो है वाटर गजलिंग क्रॉप्स है जैसे मक्की वगैरह लगाएंगे आप उसमें वाटर की डिमांड कम होती है वो रेन फेड होता है बेसिकली तो उसमें वाटर रिस्क फॉर बिज़नेसेस जो भी बिजनेस बेसड ऑन द वाटर होती है जैसे एफ होती है फूड मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी तो वो फिर वहाँ पर एरिया में नहीं आती वो फिर वहां पे इकोनॉमिकल क्राइसिस हो सकती है And then, उसके बाद वाटर स्ट्रेस uh, किन किन वजहों से होता है then, uh, पहला ही है पॉपुलेशन ग्रोथ पॉपुलेशन जब इंक्रीज हो जाएगी तो हमारे जो वाटर रिसोर्स स्ट्रेस पड़ेगा हम um, 2000 में तकरीबन 6.2 बिलियन लोग थे वर्ल्ड में देन 2050 हजार में और थ्री पॉइंट फाइव जो है ऐड हो जाएंगे दैन इट कैन बी अराउंड नाइन पॉइंट सेवन बिलियन लोग दो हज़ार पचास में हो जाएंगे तो मीन्स हमारे पास जो वाटर रिसोर्स है दैट इज़ uh, वो उतना ही रहेगा फ्रेश वाटर टू पॉइंट फाइव जो परसेंट है तो वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं होगा बट जो है पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो जिसकी वजह से वाटर स्ट्रेस बढ़ता है वाटर का जो है uh, उनकी जो है डिमांड ज़्यादा बढ़ती दैन uh, दूसरा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड अर्बनाइजेशन जितना हम इंडस्ट्रीज को ज्यादा सेटअप करेंगे अर्बनाइजेशन ज़्यादा करेंगे लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज होगा तो वाटर डिमांड इंक्रीज़ होगी जैसे टूरिज्म वगैरह इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएंगे तो एक्सपैंड होते हैं कंटिन्यूसली तो वाटर डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो उसके अलावा अर्बनाइजेशन का जो है वो भी हर गाँव हर गाँव हर शहर जो है अब पूरा जो है अर्बनाइजेशन uh, की ओर चल रहा है तो दैट आल्सो नीड्स तो लास्ट वन इज़ द क्लाइमेट चेंज एंड डिप्लेशन ऑफ एक्वर्स अब क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है हमारे जितने भी वाटर रिसोर्स है चाहे वो फ्रोजन कंडीशन में हैं या लिक्विड कंडीशन में हैं फ्रोज़न कंडीशन में हमारे जो ग्लेशियर्स है आइस कैप्स है वो जल्दी बेल्ट आउट हो जाते हैं तो हमारे पास रिजर्व नहीं रहता है पानी का तो और ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जो है वाटर की जो है अवेलेबलिटी डिक्रीज़ हो जाती है एक्फर्स होते हैं हमारे जो ग्राउंड वाटर से पानी निकलता है उसकी जो भी जो है लेवल डिक्रीज होती है जैसे पंजाब एंड हरियाणा में ग्राउंड वाटर को ज़्यादा विद्रॉ करते हैं वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर की लेवल है डिक्रीज होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ग्लेशियर्स मिल्ट होते हैं वो ऑपरेशन लॉस ज़्यादा होती है एंड देन हमारे पास जो एग्रीकल्चर इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो हम करते हैं उसमें भी जो है ग्राउंड वाटर डिप्लेशन बोस्ट फास्ट रेट पे होता है तो ये मेजर जो है वाटर स्ट्रेसेस है इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। बट दे कैन बी इंकॉर्पोरेटेड ऑल इन दिस थ्री कैटेगरीज तो उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ वाटर किस किस तरीके से हम कर सकते हैं देन जनरल जो है कंजर्वेशन ये भी अक्सर आपने देखा होगा डिक्रीज रन ऑफ लॉसेस रन ऑफ लॉस को कैसे डिक्रीज करना है जैसे बारिश होती है तो रन ऑफ ज़्यादा होता है अगर हम जंगल वगैरह काटेंगे ज़्यादा तो एकदम से पानी नीचे आ जाएगा तो फ्लाट्स वगैरह आ सकते हैं एक तो वो प्रॉब्लम है दूसरा ये प्रॉब्लम है जब भी लीन सीजन होगा जब बारिश नहीं होती है तब वाटर अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं रहेगी तो जो है रन ऑफ लॉस को डिक्रीज़ करना यू ऑपरेशन लॉसिस को डिक्रीज करना स्टोरिंग वाटर इन सॉइल रिड्यूसिंग इरिगेशन लॉसेस, रीयूज ऑफ वाटर प्रिवेंटिंग वेस्टेज ऑफ वाटर तो ये हम जो है डोमेस्टिक लेवल भी कर सकते हैं एंड दैन uh, ये जो डोमेस्टिक एग्रीकल्चर सेक्टर का देन इंक्रीज इन ब्लॉक प्राइज तो ये कुछ कुछ इसमें से मैं डिस्कस करूँगा कि इसमें कैसे कर सकता है जैसे रन ऑफ लॉस को कैसे डिक्रीज कर सकता है बेसिकली इन एग्रीकल्चर जो हमारे पहाड़ी इलाकों में एग्रीकल्चर किया जाता है यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं अक्सर जो पैडी फील्ड्स होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं uh, लेवल उनकी डिक्रीज होती रहती है छोटे छोटे छोटे बनाते हैं वो जो कंटूर कल्टिवेशन कहते हैं कंटूर बेंच टेरेसिंग तो ये हम आगे जाके नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें ये डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जो कुछ मेथड्स है हाउ कैन वी सेव द वाटर उसके बाद ये जो जितने भी मेथड्स है ये हम रेन वाटर हारवेस्टिंग जो हमारे नेक्स्ट uh, लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे उसके अलावा डिफरेंट जो है हम पॉइंट्स वगैरह बनाते हैं उससे जो है रन ऑफ लॉस बेसिकली जो स्पीड स्पीड से पानी ऊपर से नीचे आता है उसको डिक्रीज करते हैं हम तो एक मेथड है देन रिड्यूसिंग एरीगेशन लॉसेस जो बेसिकली ये जो बॉल्स वगैरह यूज़ करते हैं दे हैव टू परपजेज किसी भी डैम में एक तो जो बर्ड्स वगैरह आते हैं वो गंदगी फैलाते हैं बिकॉज ऑफ दर्ड ड्रॉपिंग जो उनका वेस्ट है वो भी रुक जाता है एंड देन जो है वाटर लॉस भी कम हो जाता है वैसे तो जो ब्लैक कलर होता है ये ज़्यादा एनर्जी एबजॉर्ब करता है बट ये पूरा जो एरिया कवर रहेगा लॉसेज the भी डिक्रीज होती है तो उसमें कैनाल्स वगैरह को जो है उस पर एक बनाते हैं जैसे गुजरात में कैनाल है रिवर्स है उन्होंने क्या किया है एक तो कैनाल भी उसे इरिगेशन सप्लाई होती है और उसके ऑपरेशन लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने सोलर पैनल्स लगाए उस पर ऊपर ताकि ओपरेशन लॉसेस को डिक्रीज़ किया जाए तो उसके अलावा स्प्रिंगलर इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन को यूज़ करते हैं हम तो जिससे तकरीबन 50 टू 90 परसेंट जो है वाटर को सेव किया जा सकता है एक एस्टिमेट ये भी है एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे ड्रिप इरिगेशन से हम एक लीटर से 20 कनाल को भी इरिगेट कर सकते हैं खाली एक लीटर से तो ये डिपेंड करता है किस टाइप का प्लांट्स से है सेटअप है स्प्रिंग स्प्रिंगलर जो आपने देखा हो जो घूमता है एक फमवारे की तरह जो है पानी फेंकता है पूरे एरिया में ये वाला तो उसके अलावा जो आ, कुछ क्रॉप इम्प्रूमेंट भी हम कर सकते हैं फॉर एग्जांपल हम एरोबिक राइस ग्रो करते हैं जो हम पैड़ी अभी ग्रो करते हैं ट्रेडिशनली हम उसको वाटर स्टोर करते हैं कुछ देर तक स्टैंडिंग वाटर रखना पड़ता है बट न्यू वाइटीज़ आर कमिंग अप जिसमें पानी नहीं चाहिए उतना उसको एरोबिक रॉइस बोलते हैं तो और भी जो वाइटीज़ है जो सलाइन कंडीशन में साल्ट कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं तो इसकी वजह से जो है इरीगेशन लॉसिस जो है रिड्यूस कर सकते हैं देन रीयूज द वाटर रीयूज बेसिकली हमारा जितना भी वेस्ट वाटर निकलता है आइदर फ्राम दीवेज और इंडस्ट्री उसको हम रिज करते हैं ट्रीट करते हैं बाई वेरियस सीवेज ट्रीटमेंट प्लान और कामन एफिल ट्रीटमेंट प्लाट्स तो या तो उसको फिर इरीगेशन के लिए यूज़ करेंगे या तो फिर उसको जो है डिफरेंट पर्पज़ जैसे कार वॉशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं या एक सिंगापुर एक खालिद वाद कंट्री है जहां पे जितना भी वेस्ट वाटर जनरेट होता है वो पूरा रिसाइकल करते हैं उसको फिर डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करता है ड्रिंकिंग के लिए ब्रीथिंग के लिए तो सिंगापोर ये या आप याद रखना सिंगापोर कंट्री है बहुत ही छोटी कंट्री है बट दे हैव मैकेनिज्म वो पूरा जो जितना भी वेस्ट वाटर है उसको पूरा ट्रीट करते हैं तो यहाँ